मुलायम सिंह यादव का बयासी साल की उम्र में निधन नेताजी की जिंदगी पर बन चुकी है बायोपिक फिल्म का नाम मैं मुलायम सिंह यादव है जो नेताजी की जिंदगी पर आधारित कहानी है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है सोमवार 10 अक्टूबर की सुबह आठ पे उन्होंने गुरुग्राम के मेरानता अस्पताल में आखिरी सांस ली बयासी साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया बयासी साल के मुलायम सिंह यादव बाईस अगस्त से लंबी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफई में 22 नवंबर उन्नीस को पैदा हुए नेताजी ने राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे दिग्गजों के सानिध्य में राजनीतिक करियर की शुरुआत की तीन बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की पर्सनल लाइफ भी हमेशा से सुर्खियों में रही और उनके जन्मदिन पर हर साल सफई में होने वाला महोत्सव फिल्म स्टार्स के कारण चर्चा में रहा है मुलायम सिंह की जिंदगी की कहानी सिनेमाई पर्दे पर भी आ चुकी है डायरेक्टर सेवेंदु राज घोष ने उन पर बायोपिक मैं मुलायम सिंह यादव बनाई थी यह फिल्म 29 जनवरी 2021 को रिलीज हुई फिल्म को हालांकि पर्दे पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला मैं मुलायम सिंह यादव फिल्म में अमित सेठी ने नेताजी का लीड रोल निभाया था जबकि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे इसमें मुलायम सिंह के भाई सिंह मालती देवी थी जिनका दो हजार तीन में निधन हो गया मालती देवी और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव है यह या दिलचस्प है कि फिल्म में शुवेंदु घोष ने मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का कोई जिक्र तक नहीं किया था राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हमेशा से रही है कि नब्बे के दशक में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी की थी इसी साल दो हजार बाईस में साधना गुप्ता का भी निधन हुआ था साधना गुप्ता पहले से शादी शुदा थी पहले शादी से उनका बेटा प्रतीक यादव भी है जिनकी पत्नी अर्पना बिस्ट यादव है साल 2022 में अर्पना यादव उस वक्त खूब सुर्खियों में थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जाहिर तौर पर मैं मुलायम सिंह यादव फिल्म रिलीज़ हुई तो हर किसी को उम्मीद थी कि डायरेक्टर साहब फिल्म में सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की निजी जिंदगी से जुड़ी अनकहीं कहानी दिखाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं दर्शकों खासकर राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों को उम्मीद थी कि फिल्म में नेताजी की पत्नी और पूरे परिवार के बारे में जानने का मौका मिलेगा फिल्म में मुलायम सिंह यादव की जिंदगी और कुश्ती के अखाड़े से शुरुआत को तो दिखाया लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को यह फिल्म बस छूकर निकल गई इस बायोपिक में यह दिखाया गया है कि मुलायम सिंह यादव को उनके राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का साथ मिला कैसे मुलायम सिंह यादव ने लोहिया की उस एक बात को अपने जीवन में उतारा कि जिंदा कौम पांच साल तक इंतजार नहीं करती फिल्म की शुरुआत मुलायम सिंह यादव के स्ट्रगल से होती है इसमें दिखाया गया है कि एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुलायम सिंह यादव के पिता चाहते थे कि वह पहलवान बने उन्होंने अखाड़ों से शुरुआत की और दिलचस्प है कि ऐसा ही एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उनकी मुलाकात एक स्थानीय नेता नाथुराम सोही जिन्होंने मुलायम सिंह यादव और राजनीति की दुनिया के बीच रास्ता बनाने का काम किया अगर आप मुलायम सिंह यादव की ज़िंदगी के बारे में दिलचस्प हैं तो एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें